हेलो सितंबर 25 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स बैंक कोलेब्स कर जाता है उसके मात्र 10 दिन बाद वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक भी कोलेब्स कर जाता है जिसके वजह से पूरे विश्व में एक फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देता है द द स्ट्रीट डाउन ट्रेडर्स आर स्टैंडिंग इस फाइनेंशियल क्राइसिस का जन्म फेडरल बैंक के गलत डिसीजन के वजह से हुआ था फेडरल बैंक ने बार बार अपने इंटरेस्ट रेट को कम करके 1.75 परसेंट कर दिया जिसके वजह से बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया जो लोग लोन का इंटरेस्ट चुकाने में अनेबल थे उन लोगों ने भी कम इंटरेस्ट रेट के वजह से लोन लेना स्टार्ट कर दिया उस वक्त पूरे यूएस में सबसे ज़्यादा हाउसिंग लोन लिया गया जिससे पूरे यूएस में कैश की कमी आ गई कैश की कमी को पूरा करने के लिए फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 1.75 से 5.2 परसेंट कर दिया जिसके वजह से बहुत से लोगों ने लोन का इंटरेस्ट देना बंद कर दिया जिसके वजह से उनके हाउस को एजाप कर लिया गया लेकिन फिर भी यूएस में कैश की कमी को पूरा नहीं किया गया जिसकी वजह से दस मार्च दो को लेमन ब्रदर्स बैंक कोलेप्स कर जाता उसके दस दिन बाद ही वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक भी कर जाता है इस के का बैंक के करने कर जिसके वजह से पूरा बैंक धीरे धीरे कर गया और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया इस फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से पूरा यूएस नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड भी इफेक्ट हुआ इस फाइनेंशियल क्राइसिस में लगभग 8.8 मिलियन इम्प्लॉय ने अपना जॉब खो दिया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर दस परसेंट हो गया इस फाइनेंशियल क्राइसिस का वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में लगभग 7.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया जिसके वजह से महंगाई दर बढ़ गया इस क्राइसिस का भारत में भी इफेक्ट पड़ा भारत के इन्वेस्टर लगभग 12 अरब डॉलर रुपया निकासी कर लेता है जिसकी वजह से भारत का जीडीपी 9% से घटकर 7.8% हो जाता है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को फिर से रिकवर करता है लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ठीक उसी पर बैंक क्लैप्स करना स्टार्ट हो गया है अपने पास नहीं रखता है बल्कि उस पैसे को वह लोन के रूप में तथा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है एवं बॉन्ड खरीद लेता है जिससे जो इंटरेस्ट मिलता है आपके पैसे के जो इंटरेस्ट बनता है उसके बीच के मार्जिन लिए बैंक चला जाता है तो बैंक में कैश की कमी आ जाता है लेकिन जब बैंक में कैश की कमी आता है तो वह अपना इन्वेस्ट किए गए पैसे को एवं वोट को कम दामों में बेचना स्टार्ट कर देता है क्यूँकि जब वह कम दामों में बेचना स्टार्ट कर देता है उसके बाद भी अगर बैंक अपने इन्वेस्टर को कैश को पूरी करने में असक्षम रह जाता है तो वह बैंक कोलैप्स कर जाता है इंडिया में जब कोई बैंक कोलैप्स करता है तो DICGC द्वारा उस बैंक को जब्त कर लिया जाता है लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बैंक कोलेप्स कर जाता है तो हमारा पैसा सेव कैसे है हम आपको बता दें कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है इंडिया में बैंक का इंश्योरेंस पॉलिसी फाइव लाख है अगर आपका पैसा बैंक में फाइव लाख तक है तो आपका पैसा सेफ है अगर आपका पैसा लाख से ऊपर है तो भी आपको गवर्नमेंट से मात्र पांच लाख ही मिलेगा लेकिन यूएस में यह अमाउंट बढ़ जाता है यूएस में लगभग फाइव लाख डॉलर है जो कि दो करोड़ के लगभग होता है अगर यूएस में कोई बैंक कुलैप्स करता है तो इंश्योरेंस के तौर पर दो करोड़ रुपया तक मिलता है लेकिन बात यहाँ पर यह है की सिलिकन वैली बैंक आखिर कुलैप्स किया क्यों सिलिकॉन वैली में मोस्टली स्टार्टअप कंपनी तथा टेक कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करती है या लोन पर लेती है दो से लेकर दो तक सिलिकॉन वैली बैंक में लगभग 44 बिलियन डॉलर से लेकर एक बिलियन डॉलर तक डिपॉजिट किया गया इतने सारे पैसे डिपॉजिट करने पर अगर बैंक उसे लोन पर नहीं देता है तो वह प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा चूँकि सिलिकन वैली बैंक मात्र छियासठ बिलियन डॉलर ही लोन के रूप में दे पाया अगर कोई बैंक अपने पैसे को लोन पर नहीं दे पाता है तो वह इंटरेस्ट रेट नहीं कमा पाता है जिसके वजह से वह बैंक घाटे में चलने लगता है सिलकन वैली ने लगभग एक 180 बिलियन डॉलर का कम इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म बोन खरीद लिया जिसके वजह से सिल्कन वैली बैंक में जितने ही पैसे डिपोजिट हुए थे वो सारा खत्म हो गया एक्चुअली में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था इसी बीच दो में कोरोना महामारी फैलता है जो पूरे विश्व को इफेक्ट करता है इस कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व लगभग डेढ़ सालों तक लोग बॉन्ड में रहता है जिसके वजह से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा जाता है तथा तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते यूएस गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया हम आपको बता दें कि बॉन्ड में एक नियम लागू होता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कमेगा अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा चूंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने पहले से ही कम इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड खरीद लिया था जिसके वजह से लॉकडाउन के बाद यूएस गवर्नमेंट ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट और कम गया जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक घाटे में जाने लगा चूँकि कोरोना महामारी में डेढ़ साल तक लॉकडाउन रहा जिसकी वजह से बहुत सारे टेक कंपनी फेल हो गए तथा बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियाँ भी फेल हो गई क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनियां अपना पैसा सिलकन वैली बैंक में इन्वेस्ट किया था वह अपना पैसा विड्रावल करना स्टार्ट कर देता है जिसके वजह से सिलकन वैली बैंक में कैश की कमी होने लगती है इस कैश की कमी को पूरा करने के लिए सिलकन वैली बैंक अपना बोन को कम दामों में बेचना स्टार्ट कर देता है जब यह खबर बाहर फैलता है तो लोगों को लगता है कि सिलकन वैली बैंक अब कोलेब्स होने वाला है तो बहुत से लोग अपना पैसा जो सिलकन वैली बैंक में इन्वेस्ट किया था वह अपना पैसा विड्रॉवल करना स्टार्ट कर देता है जिसके वजह से पूरे सिलिकन वैली बैंक में की कमी हो जाती है और वह कर कर जाता जाता है। है, है। जब वैली वैली बैंक कर तो वैली बैंक करता तो द्वारा को लिया The the ripple effects from the collapse of Silicon Valley Bank on Friday are being felt across the world. The सिलिकॉन वैली बैंक के करने के मात्र कर कर साथ लिंक रहता है यह सिलसिला यही पर नहीं रुकता है सिग्नेचर बैंक के बाद क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स करने के कगार पर रहता है लेकिन स्विस नेशनल बैंक द्वारा 24 बिलियन डॉलर का लिक्विड फंड देने के बाद ट्रेडिस यूस बैंक को कोलेप्स करने से रोका गया लेकिन हम आपको बता दें कि यूएस में लगभग अभी भी दो सौ ऐसे बैंक हैं जिसका शेयर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है और वह कोलेप्स होने के करार पर है हम आपको बता दें कि अगर ये सारे बैंक कुलैप्स कर जाता है तो एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देगा यह फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे हिसाब से दो से भी बड़ा इफेक्ट डालेगा अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एव वीडियो को शेयर करें